मेरी पहाड़ी है छोटी है देखिए मैं इसे टच करूंगी ये भागेगी पाड़ू देख रहे हैं आप <laughs> कैसे भागे जा रही है देख सकते हैं आप इस छोटी देख देख, देख, देख, देख, देख।, देख। ना ये, ये ये मेरी पहाड़ी है ये बिलकुल अच्छी है किसी को भी नहीं है देख रहे हैं ये देख रहे हैं आप ये देख रहे हो देखो हेलो तो... फ्रेंड्स तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। देखिए नीलगाय कैसे भाग रही है मुझे देखिए आप लोग देख सकते हैं ये देखिए कैसे भागे जा रही देख सकते हैं आप लोग ये ये ये हम लोगों के यहाँ का ना रोज की प्रॉब्लम हो गई है ये योगी जी ने इतने सारे कर दिए हैं कि हम लोगों के रोज की प्रॉब्लम हो गई है ये देखिए नीलगा और मेरे हाथ पपी है इसका नाम शेरू है दोनों के दोनों ही एक दूसरे के साथ खेले जा रहे हैं सो so, ये देखिए तार बंधा हुआ है तो इसके आगे हम जा नहीं पा रहे हैं। तो यहीं से दिखा तो आप लोग देख रहे हैं जो हैं उस खेत में भी गन्ने के खेत में भी चारों तरफ से तार खींचे हुए हैं। देखा आपने कैसे कूद के गया चला गया तो फाइनली आप लोगों ने नीलगा देख ली अब चले बात करते हैं हो रहा था जो मेरे क्लासमेट से वो बहुत बढ़ा मजा आता था वो वो बड़ी आती थी तो वैसे अभी हम खेत जा रहे हैं ये बाघ है ये इस साइड है यहाँ पे देख रहे हैं एक नल है और दूसरी साइड भी एक नल है दिख नहीं रहा है, यहाँ से इतनी जो तो सुनिए मारना ही देखिए ना तो इसका नाम है। है। जो है। है। और ये में को अभी मैंने कैमरा ले रखा है और मारेंगे नहीं ये मारेंगी नहीं मुझे देख रहे हैं आप ये भी नहीं मारे पाड़ू क्या हो गया भैया चलिए ठीक है अब हम अपने, अब हम लोग अपने खेत की तरफ चलते हैं तो खेत में चलते हैं ये बघिया है यहाँ पे हम हमारे जानवर रहते हैं तो मैंने वैक्सीनेस उनकी वजह से मैं इस्कूल नहीं जा पाई तो मैं आप लोगों से अपना वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस जो था उसे शेयर करना चाहती थी इस तो वजह से मैं सोचा कि आज वीडियो ही बनाऊंगी। देते हैं में इस हैं में बहुत पेन हो रहा है इतना भी नहीं हो रहा कि आप लोगों के लिए वीडियो ना बना तो वैसे ही मेरा फर्स्ट ब्लॉग टाइप का वीडियो है तो आप लोग पूछा तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार करते आप लोग देख सकते हैं कि देखें ये हमारे पैरा पैरा रखे एक टिब्बल है तो अपनी नहीं ये बगिया ही है हमारे का पेड़ दिख रहा है ये देखे। देखे। ये ये का ये का का का पेड़ जामुन जामुन वाला नहीं पता क्या है हो। को होने के बाद तो अपने में आ गए हैं अभी आप लोगों को नीलगा को भी दिखाया था बोल ये जाए देख सकते हैं ये हमारा खेता यही नहीं अभी आगे भी चल दिखा रहे हैं ये हमारा खेत है वो मेरा है. तो है, वो तो शेरू दिख रहा है।, है, है।, है शेरू शेरू शेरू मैं शेरू ये देख देखो देखो मेरा शेरू आ रहा है शेरू मेरा शेरू आ शेरू आ गया जाओ शेरु चला गया रहा खेले जा रहा था ये एक एक ना वो लास्ट ईयर जो बोली थी उस दिन किसी उसके बीमार हो गई थी बीमार थी लेटी हुई थी घर पे आप दे सकते हैं ये देखिए ये पालक है वो धनिया है उधर लहसुन है उधर आलू है ये गंजी है गंजी दिखा देते हैं आपको ये गंजी है ये गंजी है वो आलू है इधर भी आलू ही है और ये देख रहे हैं आप लोग गन्ने गन्ने उधर भी मेरे ही गन्ने हैं और उस साइड भी थोड़ा सा है और इधर ये बरसीम है जई है देख रहे हैं आप लोग परसीम है जई है जानवरों को खाने के लिए है और तो ये पैसा ही होता है गाँव में इधर भी आप देख सकते हैं ये देखिए लहसुन है इसके बीच बीच में टमाटर का पेड़ लगाया गया है उधर टमाटर लगाया है उधर गोभी लगी उधर पालक है उधर पालक, पालक है गोभी है टमाटर है धनिया भी है और मैंने ये टमाटर बैंगन सॉरी बैंगन ही गोभी और ये क्या बोलते हैं मिर्चा का पेड़ मैं लगा रखा वो भाई बता ये ये मेरा यहाँ पे है और ये मेरे भैया का बनाया हुआ है यहाँ पे मेरे भैया रात में रहते हैं वो नील गायों को देखते हैं ना नील गाय आती हैं तो पूरा खेत को चट डालती हैं देख रहे हैं चारों तरफ से डंडे गिरे हुए हैं तार खींचे हुए कांटे वाले फिर भी आ जाते हैं ये मेरे में मटर है ये शेरु देखें शेरु जा रहा है आप लोग देख सकते हैं का आप... शेरु तो फिर से नीलखा आगे पास जाओगे फिर आगे जा रहा ठीक है चला गया नीचे ही जा रहा है ये मेरा खेत है ये आप देख सकते हैं अभी वो आप लोगों को मतलब वीडियो दिखाते हैं